नमस्कार दोस्तों मैं विकास जायसवाल आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो आए हुए और उसके लिए माफ़ी चाहता हूं आज मैं आप लोगों के लिए 2022 का कैलेंडर का सी फाइल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इसमें मेरा काफ़ी मेहनत लगा है इसलिए हो सके तो आप लोग लाइक और चैनल पर अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यही मेरा रिक्वेस्ट है तो चलिए अपने टॉपिक तरफ आते हैं देखिए यहाँ जनवरी 2022 का महीना हिंदी में कैलेंडर बना के रखा है जो डेस्कटॉप कैलेंडर होता है जो मेज वगैरह पे रखने के लिए काउंटर पे रखने के लिए उसके लिए कैलेंडर बनाया हुआ है और इस तरह से आप यहाँ पर नीचे वेबसाइट का कॉन्टेक्ट नंबर ई एड्रेस अपना लिख सकते हैं और हर मंथ का जो जो हॉलीडे है वो भी यहाँ पे दिया गया है तो काफ़ी मेहनत लगा है और ये आप लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूँ इसके लिए मैं कोई चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए आप लोग बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ये देख लीजिए फरवरी का सेम उसी तरह से है इसमें आप हर चीज़ एडिट कर सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है फोटो को भी एडिट कर सकते हैं आप यहाँ पे आप कंपनी का लोगो लगा सकते हैं आपको ये रेडी फाइल मिल रहा है ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा ये अप्रैल मंथ का है और हाँ इसमें जो फॉन्ट यूज किया गया है एक के बीस के है और ये है मीनो का मीनो गॉफी जीरो थी और एक खंड फंट है तो इस तरह से आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो और फॉन्ट जिनके पास नहीं है वो कमेंट कीजिएगा आप लोगों को दे दिया जाएगा इसका मैं डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ये देख लीजिए दिसंबर का है मेरा डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं बताइएगा ज़रूर इंतज़ार रहेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय